महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने हमें कोई भी डुबा नहीं सकता